फ्रेंड्स मैं वहाँ सभी का दोस्त मोहम्मद इरफान बटी कौदरी फ्रेंड्स जहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी का हर एक बार अपनी जिंदगी की डेली लाइफ प्रोटीन में बिजी है वहीं पर चक मठियानी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एक ऐसी फैमिली भी है जिन से जिन की जिनसे जिनकी रातों की नींद छीन चुकी है जिनकी जिंदगी का चेन खत्म हो चुका है जिस फैमिली के अक्सर अफरादिन रात सिर रोते हुए गुजार रहे है परेशान हाल है क्यूँकी उनका एक अजीज उनके घर का एक फर्ज तेईस फेबरवरी दो हजार बाईस ऐसी मिसिंग है जी हाँ फ्रेंड इसी तेईस फेबर दो हजार बाईस ऐसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आने वाले विलेज डिस्ट्रिक्ट के करीब 60 साल शख्स जमाल दीन जो है मिसिंग है और मैं इनकी फैमिली के जो है रास्ते में हूं तो जैसा कि मुझे बताया गया कि तेईस फबरवरी को सुबह किसी काम से दीन साहब अपने घर से बाहर निकले यानी कही गए और उसके बाद करीब दो बजे इनकी लास्ट टाइम इनके भाई से जो है फोन पर बात हुई और उसके बाद जब दीन साहब शाम को अपने घर वापस नहीं आए तो घर वालों को फिक्र लाहक हुई कि आखिर घर वापस क्यों नहीं पहुंचे तो उन्होंने इनको फोन करना चाहा पर इनका फोन स्विच ऑफ था यानी कि जो करीब दो बजे बात हुई वो इनसे आखिरी मरतबा बात हुई आखिरी से लेके अभी तक साहब से उनकी फैमिली का कोई रही नहीं हो पाया है और जब घर वालों ने उन तमाम रिश्तेदारों को और उन तमाम जान पहचान वालों को जो है कॉल लगाई की जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी की वो वहां पर गए हूँ तो हर एक ने यही बताया कि कासम दिन साहब में से किसी के भी घर नहीं पहुंचे और जब कासम दीन साहब की फैमिली ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और उनको इनका कुछ इल्म नहीं हुआ तो तब इन्होंने तरयाट पुलिस स्टेशन में जो है मिसिंग रिपोर्ट करवाई जिस पुलिस स्टेशन के जो है इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर रजा अली साहब और आज सुबह ही मेरी रजा अली साहब से भी फोन पर बात हुई है तो रजा अली साहब ने कासम द्दीन सन जमालुद्दीन साहब की जो है केस के रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन दी कि जो 23 फ़रवरी 2022 को लास्ट टाइम करीब दो बजे कासम दीन साहब की उनके बाईस से बात हुई थी जब वो लोकेशन ट्रेस की तो उन्हें पता चला कि वो लोकेशन थी डिस्ट्रिक्ट रियासी कंस ब्राह्मणा का इलाका था जो कि बारह दरी पुल के आसपास कहीं पे है कंस ब्राह्मणा और उसके बाद उनकी फैमिली के अफराज के अफराज जो है आ, कंस ब्राह्मणा के इलाके में भी गए वहां पर भी जो है डिफरेंट इलाकों में और हर तकरीबन जो है कई लोगों से मुलाकात की उनको जाके जो है इनकी तस्वीर भी दिखाई पर वहां से भी इनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई और एक भी ऐसा शख्स इनको नहीं मिला कि जो जिन्होंने ये कहा हो इनसे कि उन्होंने इनके घर के फर्द को जो है देखा है और जब आम था कि वहां कोशिश की वहां से भी आ, इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई तो ये वापस घर आगे और कल जब लास्ट टाइम मेरी इनके घर वाले से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया था कि आज के लिए कि आज वो दोबारा से डिस्ट्रिक्ट रियासी में जा रहे हैं खासकर जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स में ये विजिट करेंगे और वहां जाकर खोजने कोशिश करेंगे कि आइन मुमकिन है कि, कि किसी वजह से जो है वो हॉस्पिटल में जो है एडमिट हों तो फ्रेंड्स नीचे पट्टी में जो ये नंबर आपको दिख रहा है ये इनकी फैमिली का है पासुद्दीन साहब की फैमिली का है और साथ ही साथ जो है त्रियाट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रजा अली साहब का भी कांटेक्ट नंबर नंबर है तो जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं अगर आप में से किसी ने भी इनको देखा हो या कोई भी इनके ताल्लुक से इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज इन नंबरों में से किसी पर जो है कांटेक्ट करके इनको इन्फॉर्मेशन दें और जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पेशली क्योंकि लास्ट जो लोकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में ट्रेस हुई है तो लिहाजा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो है वायरल किया जाए वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया जाए कि आयन मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स सामने आ जाए कोई किसी ऐसे शख्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए कि जो कासम दीन साहब के रास्ते में हो या जिन्होंने कासम दीन साहब को जो है देखा हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शेयर करके भी कासम दीन साहब की जो है फैमिली की मदद कर सकते हैं ये आप भी तस्वर कर सकते हैं कि अगर कासम दीन साहब की जगह आपकी अपनी फैमिली का कोई फर्द आपके घर का कोई आपका अपना आपका कोई अजीज अगर लापता होता तो आपको कितनी फिक्र होती कितनी टेंशन होती तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि आखिर वो फैमिली कितनी जो है इस वक्त सदमे में होगी क्योंकि वो नहीं जानते कि कासम दीन साहब कहाँ हैं और किस हाल में है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप इस फैमिली की जो है मदद करें